कॉन्सेंट्रेशन कैसे पाए दोस्तों आज का टॉपिक है, है।, है।, है अगर आप स्पोर्ट्स मैन हो या पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस में हो तो कॉन्सेंट्रेशन होगा ही तो ही सक्सेस हो तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए दोस्तों विजन सबसे पहला आता है विजन जो भी हम देखते हैं वहां से हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं फिर वहां देखने के बाद हम हमारे दिमाग को करते हैं। तो पहले देखने का जो विजन है अभी आप सोचोगे फोकस क्या है नेरो फोकस दोस्तों एक जीता जाता उदाहरण आपने सुनाई होगा अर्जुन ने जब भी मछली को चीरा था वो थी ने फोकस टेक्निक मेडिटेशन अपनी सांसों पे ध्यान दे वो क्या है दोस्तों नेरो फोकस है तो दोस्तों आपके विजन को पहले नेरो फोकस की आदत डालनी होगी जहां पे भी आप जा रहे हो जगह जिस जगह पे जा रहे हो वहां पे आपको नेरो फोकस की तरह देखना है यानी कि दोस्तों एक एग्जांपल दू कि आप समुंदर देख रहे हो तो समुन्द्र में एक बोट जा रही है तो सिर्फ आपको बोर्ड को ही देखना है तीन या चार मिनट तक आपको देखने ही रहना है वो बोर्ड को ही देखने रहना है उसमें समुद्र में दूसरे क्या हो रहा है पानी को नहीं देखना है सिर्फ बोर्ड को ही देखना है उसी तरीके से आप जहाँ पर भी जगह पे जाए वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं रोजाना जिस जगह पे जाए वहां पे एक ही चीज को तीन या चार मिनट तक देखते रहना है थोड़ी दोस्तों इस प्रैक्टिस को आपको रोजाना करते रहेंगे तो मानिए एक महीनों में आपकी नेरो फोकस पावरफुल हो जाएगी और नेरो फोकस अगर पावरफुल हो गई तो आपका कॉन्सेंट्रेशन 200 बढ़ जाएगा दोस्तों ये मेरा दावा है सिर्फ एक महीने आप नोरो फोकस आदत डालें जहां पे पे भी जाए, वहां पे एक ही नजर से देखने की कोशिश करें अगर दोस्तों ऐसा नहीं है कि जहां पे लड़की जा रही है तो फिर आपको वो अच्छी लग गई तो आप उसको तीन, दो तीन मिनट तक देखते रहे ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ लेकिन दूसरी जगह पे भी आप जाओ तो एक ही नजर से आपको दोस्ता दूसरा जो है वो है प्लेस कोई भी बड़ा काम कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो या फिर आइडियाज ढूंढ रहे हो या ट्रैक्टिस डेवलप कर रहे हो बिजनेस का आइडियाज uh, लगा रहे हो बिजनेस प्लान कर रहे हो तो प्लेस बहुत ही अहम चीज है दोस्तों अच्छी जगह पे आपको जाके ये सब प्लानिंग करना है अपने माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो तब भी आपको ये सब करना है तब भी आप कॉन्सेंट्रेशन कर पाएंगे दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन के लिए अपना दिमाग है वो रिलैक्स होना चाहिए आपको ज्यादा गुस्से में भी नहीं होना चाहिए या फिर शांत भी नहीं होना चाहिए न्यूट्रल जोन में होना चाहिए तब भी आप कर पाएंगे तो दोस्तों नेरो फोकस को आप रोजाना करें रोजाना दिनचर्या जो रूटीन है उसमें आप उसको यूज करें ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन काफी सारे लोगों को अभी दिक्कत हो रही है कि 5 छ मिनट तक 10 मिनट तक अपना आंखें बंद करके हम वो सांसों को ऊपर नीचे जाते देखते रहे लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो है आप नॉर्मल जगह पर भी आप नेरो फोकस कर सकते हैं बस मैंने पता है उसी तरीके से कोई भी चीज है उसको आपको दो या तीन मिनट तक एक ही नजर से देखने बस इतना ही करना है एक महीने तक करेगी ना दोस्तों तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया रह जाएगी दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना है वो भूलें और बेलाइकन को दबा के नया वीडियो का अपडेट जल्दी से पाए थैंक यू वेरी मच